आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह अपनी YouTube की वीडियो को रैंक करवाना है जिस तरह कि ये मेरी शो हो रही है नंबर वन पे शो हो रही है नंबर सिक्स पे यहाँ पे शो हो रही है यहाँ पे नंबर सेवन नंबर टू नंबर यहाँ पे भी टू यहाँ पे देख सकते हैं कि वन वन ज्यादा है ठीक है तो इसी तरह अगर आप भी रैंक करवाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब कर दे तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं से पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो भी आपने वीडियो को रैंक करवाना है या एस करनी है उसको आपने एडिट करना है ठीक है एडिट पे आपने पहले मैं आपको दिखा दूं कि पे जाके ये कितनी देर हुई है इस वीडियो को अपलोड किए तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी तीन घंटे और चार मिनट हुए हैं तो इसकी रैंकिंग अभी मैं चेक आपको करवा देता हूँ तो यहाँ पे इसको मैं अभी न्यू टैग में ओपन करता हूँ ओपन करने के बाद यहाँ पे देखेंगे अभी ये यहाँ पर आ चुकी है मेरी वीडियो तो यहाँ पे आपने क्या करना है की यहाँ पे एंड पे जो टैग है ना आपका यहाँ पे लिख हुआ है यहाँ पे देखेंगे टैग इसमें आपने जाना है यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके जो है ना ये तभी शो होंगे जब आपने ये एक्सटेंशन वगैरह लगाई होंगी ऑन तो लगा तो रखना है ठीक है तो यहाँ पे देख सकते हैं है दोनों ऑन रखे हुए यहाँ पे ऑन रखने के बाद अगर आपको वीटाई क्यू जो है फ्री में लेना चाहते हैं तो मैंने ये वाली वीडियो बनाई है तो इसको आप जाके देख लेना इसमें मैंने ए टू जी आपको बताया तो अभी मैं आपको बताऊंगा रैंक किस तरह करना है तो आपने क्या करना है कि ओपन होने के बाद आपने क्या करना है ये देखना है की आपने अपलोड कब की थी तो आज डेट क्या है ठीक है तो यहाँ पे देख सकते पांच तरीक को मैंने ये अपलोड की और आज जो डेट है हमारी छह तरीक है ठीक है अभी एक दिन हुआ है तो जब तक आपके तीन दिन नाना तो तो तो फर्ज करें कि जिस तरह के मैंने ये वीडियो ले लिया है अभी ये अभी लोडिंग हो रही है तो मैं आपको दिखा देता हूं यहां पे देखेंगे इसको मैं अभी चेक कर लेता हूँ कि मैंने कब अपलोड की है यहां पे देखेंगे तीन तरीक को मैंने अपलोड की है तो आज छः तरीक है तो ये वीडियो को हम रैंक करेंगे ठीक है तो यहाँ पे देखेंगे अभी हमारी इसकी जो रैंकिंग है अभी यूट्यूब की सर्च से आ रही है और रिकमेंड से आ रही है ठीक है तो यहाँ पे अभी इसको हम और ज़्यादा रैंक करवाएंगे ठीक है हमने डिटेल्स में जाना है इसमें डिटेल्स में जाने के बाद आपने क्या करना है कि थोड़ा सा नीचे आना है ये जो डिटेल में जाने के बाद आपने पहले टाइटल जो आपने सर्च वाला रखना है ये आपने किस तरह रखना है ये भी मैं आपको इस वीडियो में या फिर अगली वीडियो में मैं आपको बता दूँगा क्योंकि ये वाली वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो मैं थोड़ा सा नीचे जाता हूं नीचे जाने के बाद यहां पे आपने क्या करना है कि टैग्स में आ जाना है ठीक है यहाँ पर देखेंगे टैग्स यहां पे आपने एक दफ़ा क्लिक करना है और यहां पे आपके सामने जो है कहाँ कहाँ रैंक हो रही है ये आपके सामने आ जाएगी ठीक है तो ये आपने यहाँ पे देखेंगे अभी सिर्फ मेरे कुछ ही टैक्स जो है हमारे रैंक हो रहे हैं ठीक है आपने क्या करना है कि यहाँ पे एनालिटिक को टैब एक न्यू ओपन कर लेना है ठीक है तो यहाँ पे मैंने इसको भी ओपन रखा है और एनालिटिक को जो जो है इसकी जो एनालिटिक पे क्लिक करके तो मैंने एक न्यू टैब भी ओपन कर लिया है तो यहाँ पे मैंने इसको ओपन किया है ये अभी ओपन हो रहा है ठीक है ओपन होने के बाद यहाँ पे आपने इस पे क्लिक करना है ये दूसरे वाला जो आपको नजर आ रहा है ना इस पे आपने क्लिक करना है इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपने नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको ये टाइटल वगैरह या फिर आपको जो सबसे ज्यादा रैंकिंग आपकी इस वीडियो पे हुई है ना वो आपको शो हो शोर है यहाँ पे देखेंगे YouTube सर्च जो है ठीक है यहाँ पे आपने क्लिक करना है इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपने थोड़ा सा नीचे आना है नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको व्यूज वगैरह नजर आ रहे होंगे तो यहाँ पे देखें कि 10 व्यूज मुझे इस कीवर्ड पे आए हैं तो अगर ये वाला कीवर्ड हम देंगे तो यहाँ पे मुझे पांच व्यूज आए हैं तो यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे जाऊंगा डेस्कटॉप पे जाने के बाद यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट का मैं एक फोल्डर बनाऊंगा तो यहाँ पे बनाने के, के बाद आपने इसको ओपन कर लेना है ओपन करने के बाद अपने यूट्यूब पे जाना है यूट्यूब पे जाने के बाद यहाँ पे जो की आपको नजर आ रहे थे इसको आपने कॉपी करना है ठीक है जो आपके टॉपिक के रिलेटेड हो ठीक है तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ पेस्ट करने के बाद दूसरे को भी मैं इसी तरह कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है ठीक है इंटर करके तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ पेस्ट करने के बाद आपने क्या करना है कि ये सारे जो कीवर्ड आपको नजर आ रहे हैं आपने ये वाले इधर पेस्ट कर देने हैं पेस्ट करने के बाद इसको आपने क्या करना है कि यहाँ पर सारे को कॉपी करना है कॉपी करने के बाद आपने यूट्यूब पर जाना है बैक यहाँ पे यहाँ पर जो टैगज नज़र आ रहे हैं ना आपको इसमें आपने पेश करने हैं तो यहाँ पे मैं आपको सामने जो है पेश करके भी दिखा देता हूँ बस आपने एक बात का ख्याल रखना है कि यहाँ पे देखेंगे पाँच सौ वर्ड्स है ठीक है जब आपके 500 वर्ड्स इसमें कंप्लीट हो जाएंगे तो आपने इससे आगे जो रेड रेड अगर ऑप्शन आए तो उसको आपने क्लोज कर देना है ठीक है तो आपने सिर्फ पाँच सौ ही देने हैं ठीक है इससे ज्यादा नहीं देने अगर ज्यादा आपके पास है ना की तो आपने क्या करना है कि उसको कॉपी करना है और इसी तरह आपने यहाँ पे आके पेश कर देना है डिस्क्रिप्शन में ठीक है तो जब आप डिस्क्रिप्शन में देंगे तो आपने दस दिन के बाद इसको क्या करना है कि यहाँ पे से आपने चेक करना है अगर आपकी रैंकिंग हो रही है तो ठीक है अगर नहीं हो रहे तो उसको आपने यहाँ से क्लोज कर देना है ठीक है यहाँ यहाँ से आके ख़त्म कर देना है फिर आपने एनालिटिक में जाना है इसी तरह ठीक है तो यहाँ पर जौन से की वर्ड्स आपके रैंक होंगे तो वो वा, वो वाले आपने ला के इसमें पेश कर देने हैं आपकी जो है आस्ता आस्ता जो वीडियो रैंक होने लग पड़ेगी और सब्सक्राइबर भी आएंगे और व्यूज़ भी आएंगे वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है मैं भेजता हूँ अगली वीडियो में थैंक फ़ॉर वॉचिंग